प्रिय बहनों और भाइयों नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं ये नया साल आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए रिद्धि सिद्धि लाए और आपके घर और आंगन में खुशियों से भर जाए लेकिन आप केवल आपके लिए नहीं है अपने देश के लिए भी अपने प्रदेश के लिए भी अपने समाज के लिए भी अपने प्रचंड योगी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपने संकल्प की सिद्धि में वो दिन और रात जुटे हुए हैं और इसलिए हमें भी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए दिन और रात अपनी संपूर्ण क्षमता छोड़कर काम करूंगा लेकिन केवल मैं नहीं हम मिलकर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाएंगे इसलिए मेरी आपसे अपील है कि जो भी काम आपका हो जो काम आप कर रहे हैं वो केवल अपने लिए नहीं अपने प्रदेश के लिए भी करें पूरी मेहनत से ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा से तभी तो आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनेगा आइए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए अपने आप को झोंक दें और पूरी क्षमता के साथ काम करें ताकि हमारा देश भी आगे प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप बन सके बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का